hai more nen na na chori mon ona hai hai hai ko ja hai more जाता है मन कर लूट जब थोड़ी मन छोड़ा मन कर खतन लूट लाए कर